के माना कि हम अदब से बात नहीं करते हाय हाय। माना कि हम अदब से बात नहीं करते पर ये मानो कि हम मतलब से बात नहीं करते क्या बात है हम मीठा लहजा प्यारी, प्यारी ते बातें तेरे लिए मीठा लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हम हर किसी से इस लहजे में बात नहीं हाँ